भगवान सूर्य देव का ध्यान करते हुए दिनांक 11 अगस्त दिन रविवार का दैनिक राशिफल कैसा होगा इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे साथ ही साथ मेष से लेकर के मीन राशि के हमारे जो जातक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए शुभ अंक शुभ रंग और दिव्य महाप्रयोग कौन से हैं इस पर हम चर्चा करेंगे साथियों अंत तक बने रहिएगा ज्योतिष के इस क्रांतिकारी चैनल अष्टेद आशीष पे तो दर्शकों सबसे पहले हम पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पांच अंग होते हैं पंचांग के तिथिवार नक्षत्र योग करण इन पाँच अंगों से मिल करके पंचांग बनता है यदि किसी भी अंग की इसमें कमी होती है तो पंचांग पूर्ण नहीं होता है विक्रम संबत्त दो शक संबत्त उन्नीस चल रहा है और श्रावण शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी दर्शकों सुबह दस बजकर तिरपन मिनट तक एकादशी तिथि रहेगी तद उपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी एकादशी तिथि में हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि चावल का सेवन नहीं करना चाहिए द्वादशी तिथि में मसूर का सेवन नहीं करना चाहिए और ना मसूर की वस्तुओं का दान करना चाहिए नक्षत्र रहेगा मूल इसके उपरांत पूर्वा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा वैधृति इसके उपरांत बिस्कुंभ योग रहेगा करण जो रहेगा दर्शकों ये रहेगा विष्टि इसके उपरांत व और अंत में वालव करण रहेगा चंद्रदेव आज चलायमान रहेंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में और शनि के साथ यहाँ पर विस्तोष का निर्माण करेंगे और केतु के साथ ग्रहण योग भी रहेगा सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो प्रातः पाँच पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को छः पर राहु काल की बात करते हैं राहु काल एक ऐसा काल होता है एक ऐसा समय होता है कि इस दौरान शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है तो शाम को साढ़े चार बजे से लेकर के छः बजे तक का राहु काल रहेगा और यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो बारह बजकर बत्तीस मिनट से बारह बजकर छप्पन मिनट के बीच आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं दर्शकों रविवार दिन दिशा की बात कर लेते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर दिशासूल रहेगा जी हाँ दर्शकों बिल्कुल सही सुन रहे हैं अब यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो क्या इसमें सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी तो देखिए आप पान खा सकते हैं आप घी का सेवन कर सकते हैं आप घी खाने के बाद थोड़ी सी जो है आप किसी न किसी रूप में जो है जल जरूर ग्रहण करिएगा इसके बाद आप लोग यात्रा करिएगा चलिए दर्शकों हम मेष राशि की ओर बात से कैसा रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन मेष राशि के जातकों अच्छा रहने वाला है कहीं बाहर जाने की यात्राओं का योग बन रहा इवन विदेश यात्रा फॉरिन यात्राएं भी आज आप लोग कर सकते हैं परिवार के किसी सदस्य के साथ आज आप धार्मिक यात्राओं पर शामिल हो सकते हैं अगर आज आप कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं तो संबंधित क्षेत्र से जुड़े लोगों से एक बार सलाह अवश्य कर लीजिएगा माता पिता के आशीर्वाद से आज आपको काम में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे दूसरे पर आज आपके काम और व्यवहार का पॉजिटिव असर पैसों से जुड़ा कोई पुराना आज, को आज आज फायदेमंद साबित होगा। को लेकर आपकी कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बढ़ सकती है। छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रातः काल सूर्यदेव को अर्घ देना है और आदित्य हृदय का तीन बार पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक वृषभ राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज का दिन शानदार रहने वाला है जानदार रहने वाला है जो लोग जॉब कर रहे हैं आज उन्हें किसी ए, काम के लिए इंक्रीमेंट मिल सकता है सैलरी वगैरह में भी बढ़ोतरी हो सकती है और वही जो लोग आज जॉब की तलाश में थे तो उनको कोई शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आप किसी कंपनी में कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा उत्साह मन में बना रहेगा मन में नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुकता रहेगी आपके भाई काम में आपकी पूरी मदद करेंगे से बनी हुई वस्तुओं को गाय को खिलाना रहेगा दूसरा दर्शकों यदि हो सके तो आज माता पिता के आप लोगों को जो है सान्निध्य में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन हमारी जो अगली राशि आती है मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों आज बिजनेस में कोई नई चुनौती आपके सामने आ सकती है आपके कुछ कार्य जो चले आ रहे हैं उसमें आज कुछ ब्रेक लग सकता है रुकावट हो सकती है और आज ऑफिस में काम कर रहे लोगों को किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है यात्राओं का योग बन रहा है लोग आज आपके साथ जुड़ेंगे परिवार से आज आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा जिस भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं दाखिला लेना चाहते हैं उसमें आज आपका दाखिला हो जाएगा गुड़ का दान धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा छः कर्क राशि के जातकों आज आपको हर काम में सावधान रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से आपके काम में जरूरत से ज्यादा समय लग सकता है आज आपको ऐसे लोगों से ज्यादा बहस करने से बचना चाहिए कुछ आदतों में सुधार लाने से आज आपका दिन बेहतर रहेगा जीवन साथी के साथ आज आपको जो है प्यार से बात करनी चाहिए अन्यथा कोई बात विवाद मतभेद हो सकता है शनि चंद्रमा का विष्दोष आज आपके लिए ज्यादा भारी पड़ने वाला है आज आपको मैदेन से रिलेटेड दिक्कत रहेगी सरदर्द से रिलेटेड दिक्कत रहेगी किसी प्रकार का तनाव या टेंशन आज, आज आपको आ सकता है नींद में जो है आज आपको सोने में परेशानी होगी अनिद्रा का आज आप लोग शिकार रहेंगे और आज आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं करना क्या रहेगा देखिए आज के दिन कोशिश कीजिए कि जल का अधिक से अधिक सेवन करिए और यदि हो सके तो दशरथ कृष्ण शनि स्रोत का आज आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वायु शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार सिंह राशि तो आज बिजनेसमैन काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर की यात्रा कर सकते हैं महिलाओं को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी आज आपको पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है कोई आज आपके विचारों की दबाने की कोशिश कर सकता है आज, आज आपको अपनी बातें दूसरों से, से शेयर करने से बचना चाहिए आपकी आय में वृद्धि के संकेत नजर आ रहे हैं दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए गलत में पड़ने से आपको बचना होगा करना क्या रहेगा उपाय के तौर पर तो कोशिश कीजिए कि आज छोटी कन्या का, आप लोगों को पैर चुना है है आशीर्वाद उनसे लेना और किसी मजदूर को आज आपको कुछ मीठा खिलाना है खोए से बनी हुई कोई वस्तु खिलानी है मिठाई खिलानी है शुभ कलर आपके लिए रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच कन्या राशि आज आपके सितारे बुलंद रहने वाले हैं आज आपको कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है आज आप सारे काम बखूबी करेंगे समय पर करेंगे संतान से पूरी मदद आज, आज आपको मिलेगी और ऑफिस मीटिंग के दौरान आज आप अपनी बातें अच्छे से रख पाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन से आज आपके उच्चाधिकारी खुश रहेंगे किसी पारिवारिक काम के लिए दोस्तों से मदद ले सकते हैं जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें किसी अच्छे ब्रांड के लिए काम करने का मौका मिल सकता है करना क्या रहेगा ओम हिरिंग घृण सूर्य आदित्या इस मंत्र का आपको 108 बार जब करना रहेगा और भगवान भास्कर को आज आपको जल देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए जो रहेगा ये रहेगा पिंक शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात हमारी जो अगली राशि देखी आती है दर्शकों लिब्रा तुला राशि तो दिन अनुकूल रहने वाला है तुला राशि के जातकों का आज व्यवसायिक कार्यों में प्रगति होना तय है आज आप घर में किसी प्रकार का सुधार करवा सकते हैं घर के लिए जरूरी कुछ चीजें भी आज आप लोग क्रैक कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर के आज आप किसी को गिफ्ट दीजिएगा कोई एक्सपेंसिव सामान आज आप खरीदते हुए नजर आएंगे कोई दूर का रिश्तेदार आज आपके यहाँ आ सकता है मेहमान के आने के योग बन है ऑफिस में आपके सीनियर आज इधर उधर की आपसे बातें करेंगे तो इधर उधर की बातों से आज आपको बचना चाहिए करना क्या रहेगा तो आज आपको गाय को रोटी और गुड़ खिलाना रहेगा और शिवलिंग पर आज आपको दूध चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए तुला राशि के जात आज रहेगा ग्रीन हरा रंग शुभ अंक की बात करें तो छः नंबर आपके लिए सर्वथा शुभ रहेगा वृश्चिक राशि के जात को आज आप जीवन में किसी तरीके के बदलाव को लेकर सोच विचार कर सकते हैं साथ काम करने वाले लोग भी इस बारे में आज आपसे कुछ बात करेंगे आज सब लोग आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे लेकिन जो शनि चंद्रमा का विष तोष बना हुआ है तो घर परिवार में कोई बात विवाद करवा सकता है आज आपकी कोई जो है प्रतिष्ठित चीज़ या कोई प्रिय चीज खो सकती है माता पिता आज आपके काम में हाथ बटाने की पूरी कोशिश करेंगे संतान पक्ष से आपके रिश्ते आज कुछ जो है तो नुक मिजाजी रहेंगे बाद विवाद हो जाएगी मंदिर में यदि आज, आज, आज आप मिश्री का दान करते हैं तथा आज, आज आप लोग जो है पीपल के वृक्ष में जल में गोल डाल करके अर्पण करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक धनु राशि तो आज का दिन आपको फायदा दिलाने वाला रहेगा लेकिन आज आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर से बचना रहेगा आज आपके ऊपर कोई ब्लेम लग सकता है व्यापार में कोई आज, आज आपको चीटिंग कर सकता है रुका हुआ पैसा आज, आज आपको मिलेगा नो डाउट आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी जो लॉयर है, वकील हैं आज उनको किसी महत्वपूर्ण केस में कोई क्लू मिलेगा सफलता मिल सकती है पार्टनर के साथ कोई मूवी वगैरह देखने बाहर जा सकते हैं जमीन के किसी पुराने लेन से आज आपको फ़ायदा होगा जिन छात्रों को करियर संबंधी किसी प्रकार की परेशानी आ रही है उन्हें आज बड़े भाई या बहन से मदद मिलेगी शिव को जल अर्पण करिए और आज कोशिश कीजिए महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो मकर राशि के जात को आज का दिन मिला जुला रहने वाला है दिन की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती रहेगी जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए ऑफिस में साथ काम करने वाले लोग आज आपके विचारों से सहमत नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से जिद करने से आज आपको बचना रहेगा वरना आपको कोई परेशानी हो सकती है सेहत में उतार चढ़ाव का योग दिखाई पड़ रहा है खाने पीने पर आज आपको ध्यान देने की सितारे सलाह दे रहे हैं और आज करना क्या रहेगा तो गणेश जी पर आज आप लोगों को दूरबा चढ़ाना रहेगा ओम गंगा गणपतः नमः मंत्र की एक माला का आपको जाप करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि लेकिन दर्शकों प्लीज़ यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और हो सके तो इस वीडियो को जम कर आप लोग शेयर करिए तो कुंभ राशि के जातकों दिन आज आपका देखिए काफ़ी काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज आपकी व्यक्तित्व की खुशबू चहोर जो है बिखरेगी आज आपको कोई बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल सकती है परिवार में किसी ज़रूरी काम के पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है आज उनके घर पर कोई रिश्ता ले करके आ सकता है छात्र आज किसी काम को पूरा करने के लिए अपने पिता की मदद लेंगे जिससे उनका काम पूरा होता हुआ नजर आएगा स्वास्थ्य बेहतर है इसके लिए जरूरी है कि सुबह आप लोग थोड़ी सी जो है एक्सरसाइज करिए जॉगिंग करिए तो इसका जल्द आपको फायदा मिलेगा किसी बुजुर्ग महिला को आज आप यदि भोजन कराते हैं और आज आप लोग यदि ऑरेंज कलर के कपड़े का दान धर्म स्थान पर करते हैं तो भाग्य आज आपका बेहतर साथ देगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जातकों आज का दिन जीवन में सुनहरे पल को लेकर आने वाला है जो लोग इलेक्ट्रॉनिक के काम से जुड़े हुए हैं आज उनके काम में बड़ा बुष्ट आ सकता है इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे लोगों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा आर्थिक रूप से आज, आज आप मजबूत होंगे दांपत्य जीवन में आज आपसी विश्वास के सारे संबंधों में मजबूती आएगी जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्र उनको आज अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है आप लोग बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आज, आज आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी किसी पुराने मित्र के साथ आज आप लोग घूमने जा सकते हैं किसी जरूरतमंद को कपड़े का दान करिए और कोशिश कीजिए कि आज भगवान भास्कर को आप लोग जो है अर्घ्य दीजिए आदित्य स्रोत कर तीन बार पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए व्हाइट रहेगा शुभ अंक आपके लिए नौ रहेगा तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और दर्शकों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल बेलाइकन आप लोग जरूर दबाइएगा दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार